अयं निजा परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव उत्मकम ये मेरा है वह उसका है वो तेरा है ये मेरा है जैसे विचार केवल संकुचित मस्तिष्क वाले लोग ही सोचते हैं जिनका मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है बहुत ही दूर की सोच रखते हैं तो उनके मन में ये पृथ्वी सदैव एक कुटुंब के रूप में ये वसुधा एक परिवार के रूप में ही नजर आती है नमस्कार दोस्तों मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर के प्रणाम करके आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्बिद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष दिनांक तीस नवम्बर का दैनिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपके चंद्र राशि पर आधारित है तो आप लोग जब भी अपने अपनी देखिए तो अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें पंचांग पर दर्शकों एक दृष्टि डालते हैं क्योंकि पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और पंचांग के ये पांच अंग कौन कौन से हैं तो वार योग ये पंचांग के अंग है, यदि इनमें से किसी एक अंग की कमी होती है तो पंचांग पूर्ण हो ही नहीं सकता है साथ ही साथ दर्शकों आप लोगों से निवेदन है कि जिनको भी अपनी कुंडली दिखाना है तो कभी भी हम यदि लाइव होते हैं तो तुरंत लोग फ़ोन करने लगते हैं तो आप तक भी वो नोटिफिकेशन पहुंचे तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए क्योंकि अब हमने सोचा है कि हफ्ते में एक दो दिन आप लोगों से लाइव होकर के और आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान विधवत एक घंटे तक की लाइव रहेंगे और उसमें देंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के तमाम वीडियो देख करके उसको आप लोग शेयर करिए तो दर्शकों आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो दर्शकों आज शनिवार दिन रहेगा विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर शख सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर चालीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर आठ मिनट पर दक्षिणाएं चल रहा है दर्शकों और जो आज तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो रहेगी दर्शकों ये 30 नवंबर की सुबह छह बजकर चार मिनट तक की रहेगी इसके उपरांत पंचमी तिथि लग जाएगी और पंचमी तिथि 1 दिसंबर की सुबह सात बजकर तेरह मिनट तक रहेगी चतुर्थी तिथि के बारे में हमने बताया था दर्शकों की मूली का सेवन सफेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए और पंचमी तिथि को बेल का जो है सेवन नहीं करना चाहिए बेल का फल किसी भी प्रकार से या बेल का शरबत या बेल का रस किसी भी प्रकार से प्रयोग में नहीं लेना चाहिए नहीं खाना चाहिए इससे कलंक लगता है नक्षत्र जो रहेगा पूर्वा साढ़ा नक्षत्र रहेगा दर्शकों इसके उपरांत उत्तरा साढ़ा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा विष्टि इसके उपरांत भव और अंतिम करण रहेगा कौलव योग रहेगा गंड इसके उपरांत वृद्धि योग रहेगा दर्शकों राहु काल पर आ जाते हैं राहुकाल एक ऐसा काल एक ऐसा समय एक ऐसी बेला होती है कि आप लोगों को शुभ कार्यों को करने से बचना रहेगा तो शनिवार का जो राहु काल रहेगा लखनऊ को मानक मान करके पंचांग बनाया गया इसीलिए ये जो टाइम है ये लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके निकाली गई नौ बजकर सत्रह मिनट से दस बजकर छत्तीस मिनट प्रातःकाल राहुकाल का समय रहेगा तो शुभ कार्यो को करने से बचिएगा शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग अभिजीत मुहूर्त में करिएगा दोपहर में ग्यारह बजकर 33 मिनट से लेकर के 12 बज के पंद्रह मिनट के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा सूर्य देव वृश्चिक राशि में चलाए माने चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे दोपहर दो बजकर 33 मिनट तक की इसके उपरांत मकर राशि में चले जाएंगे देखिए चंद्रमा धनु राशि में चल रहे हैं गुरु चंद्रमा का गज योग बन रहा है तो वही चंद्रमा केतु का ग्रहण योग बन रहा है वही चंद्रमा शनि का बिज दोष बन रहा है तो तमाम जो है गुण भी हैं तमाम अवगुण भी हैं तो दर्शकों अंत तक बने रहिए इसी सब जो है मतलब ग्रहों के आधार पर नक्षत्रों के आधार पर ही राशिफल देखिए तैयार होता है क्योंकि दर्शकों देखिए शनिवार दिन रहेगा तो पूर्व दिशा की ओर दिशा सूल रहता है प्रयास ये करिएगा कि पूर्व दिशा की ओर आज इवाइट करिएगा वैसे भी वीकेंड ही है आप लोगों की छुट्टी होगी तो पूर्व दिशा की ओर आज मत जाइए लेकिन यदि जाना पड़ जाए तो अदरक का सेवन करके आप जा सकते हैं आप काले तिल का सेवन करके जा सकते हैं और पहले पूर्व की ओर ना जा कर पश्चिम दिशा की ओर चार पक चल लीजिएगा उसके बाद पूर्व दिशा की ओर यदि आप प्रस्थान करते हैं तो आपकी यात्रा सफल होगी दर्शकों देखिए, का मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आपके पैर में वो कांटे चुभ जाएंगे मतलब यदि आप मान लीजिए कोई साक्षात्कार के लिए गए तो उस साक्षात्कार में आपकी सफलता के जो है जो चांसेस हैं ये कम हो जाते हैं या आपने अपनी जो है बाइक से यात्रा की पूर्व दिशा की ओर तो हो सकता है आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए पेट्रोल यदि आप लोग फुल करा के रख रखते हैं तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए या और भी कोई भी जो है मशीनरी चीज़ है कोई ना कोई ख़राबी आ सकती है पर्सनल खुद के साथ ये शेयर की हुई चीज़ है कि हमें निकलना था एक, एक मिनट का आपका समय लेके हमें निकलना था बहराइच यहाँ जो है लखनऊ से पास में ही है कतरनिया घाट तो हमने दिशा सूल का ध्यान नहीं दिया और शनिवार वाले दिन हम बहराइच के लिए प्रस्थान किए तो सबसे पहले घर से जब एंट्री होती तो पूर्व दिशा की ओर ही होती है तो पूर्व दिशा की ओर निकलते हुए चले गए और ध्यान नहीं दिए दर्शकों हुआ ये कि गाड़ी हमारी जा रही थी और रोड का निर्माण हो रहा था कुछ भी नहीं हुआ न गाड़ी पंचर हुई ना गाड़ी में कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आई ना गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हुआ तो एक छोटी सी गिट्टी जो रोड पर पड़ी होती है वो गाड़ी के रेडिएटर के नीचे आकर के लग गई रेडिएटर फट जो है मतलब हमारा फट गया और सारा जो उसका कुलेंट होता है वो बाहर निकल गया अब सोचिए दर्शकों कि एक गिट्टी आई वो और कहीं भी लग सकती थी लेकिन पर्टिकुलर इसी जगह पर क्यों लगी और गाड़ी हीट कर गई आखिर में फिर उस दिन सारा दिन दर्शकों परेशान हुए तो खुद के साथ ऐसे तमाम ऐसे आ, मतलब प्रयोग हमने शेयर जो है आप लोगों के साथ करेंगे तो इनसे आप लोग बचिएगा हम नहीं चाहते कि हमारे जो सम्मानीय दर्शक इस राशिफल को देख रहे हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार से कोई परेशानी आए तो दर्शकों चलते हैं मेष से लेकर के मीन राशि के ऊपर तो मेष राशि के जातकों का क्या रहेगा आज हाल तो मेष राशि के जातकों आज अस्वस्थता एवं व्यग्रता का अनुभव करेंगे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान और आलस्य रहेगा आज आपके मन में अशांति की अनुभूति होती हुई दिखाई पड़ रही है किसी के ऊपर आज आप थोड़े से क्रोधित हो सकते हैं जिससे आपके कार्य बिगड़ सकते हैं व्यवहार में न्याय न्यायपूर्णता लाने का प्रयास करें निर्धारित कार्य करने के लिए प्रयासरत रहें धार्मिक यात्राओं का आयोजन आज आप कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना है कि शिवलिंग पर जाना है और शिवलिंग में जल में काले तिल डाल करके और इलायची डाल करके आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर आज रहेगा ये रहेगा ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक आठ वहीं वृषभ राशि के जात को आज किसी भी प्रकार के नए कार्य का प्रारंभ ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा आज आपका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है खान पान में विशेष ध्यान रखना हित है देखिए शनि चंद्रमा का विष दोष चल रहा है जो है चंद्रमा केतु का दोष चल रहा है तो इनसे आपको बचना रहेगा शारीरिक रूप से थकान और मानसिक रूप से व्यापुलता का अनुभव करेंगे आज ऑफिस में कार्यभार के कारण अधिक थकान का अनुभव होगा आज के दिन यात्रा और प्रवास लाभदायी नहीं होंगे सम्भवता आध्यात्मिकता की ओर ही आप समय निकालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा आज लजीज व्यंजनों का भी आप लोग आनंद लेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास आपको ये करना रहेगा कि मलयागिरी चंदन भगवान भोलेनाथ पर रुद्राष्टक के पाठ से चढ़ाइए और बाद में गंगा से अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो वहीं जेमिनी अर्थात मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन आनंद प्रमोद तथा भोग विलास में बीतेगा मित्रों तथा प्रिय पात्रों के साथ मनोरंजन पूर्व प्रवास हो सकता है उत्तम वाहन सुख आज प्राप्त होता हुआ मिथुन राशि के जातकों को दिखाई पड़ रहा है आज किसी नए वस्त्रों की खरीद कर सकते हैं कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आज, आज आप खरीद सकते हैं आज का दिन जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है उनको कोई विवाह का प्रस्ताव मिलेगा आज सेहत आपका अच्छा रहेगा लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में कुछ चिंता आपके अधिक रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज प्रयास आपको ये करना रहेगा कि शिव चालीसा का आपको पाठ करिए और दशरथ के शनि स्रोत का भी आज आपको पाठ करना है शनि की ढैया आप पर देखिए लगने वाली है मिथुन राज के जात को और इससे रिलेटेड भी एक वीडियो हम आप लोगों को पहले ही बना के देंगे कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन कर्क राशि के जातकों घर में शांति तथा आनंद का वातावरण रहेगा सुखमय रहेगा आज कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकता है किसी का विवाह इत्यादि भी हो सकता है आरोग्य अच्छा रहेगा घर में परिवारजनों के साथ हर्षोल्लास में समय बीतेगा नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में लाभ होगा आज आपसे जो नीचे के कर्मचारी हैं ये आपके फेवर में खड़े रहेंगे ये आज, आज आपको लाभ पहुंचा सकते हैं विद्यार्थियों के लिए आज का समय काफी अच्छा रहने वाला है उपाय के तौर पर देखिए करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि दूध में काला तिल डाल करके भगवान भोलेनाथ को आज आपको अभिषेक करना रहेगा नम शिवाय मंत्र का एक बार आज आप लोग जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच लियो सिंह राशि तो सिंह राशि के जात को आज का दिन आनंद से बीतेगा आज आप अधिक कल्पनाशील बनेंगे साहित्य सृजन के तहत मौलिक रूप से काव्य रचना की प्रेरणा आज आपको मिलेगी आज अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने फिरने लंबी दूरी की यात्राओं पर जाने के योग सितारे दिखा रहे हैं दिन भर आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा संतान की प्रगति के समाचार मिलेंगे विद्यार्थियों को अभ्यास के हेतु बहुत अच्छा आज का समय रहने वाला है यदि आज आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप सफल हो सकते हैं किसी साक्षात्कार में आप जा रहे हैं उसमें आज आप सफल हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ब्लैक कलर को आज एवाइट करिए दूसरा आज भगवान भोलेनाथ का जो है रुद्राष्टक है इसका आपको पाठ करना रहेगा और किसी अपंग व्यक्ति को कुछ मीठा भोजन आपको छेने से की कोई मिठाई आप खिला सकते हैं शुभ कलर आपके लिए हमने बता दिया कि ब्लैक कलर को ए करिएगा शुभ कलर आपके लिए आज रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा अंक पांच कन्या राशि के जात को क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा कई परेशानियों के कारण आज आपका मन बहुत व्याकुल रहेगा स्फूर्ति का अभाव होगा स्वजनों के साथ कुछ आपकी अनबन हो सकती है माता के स्वास्थ्य की चिंता आज बहुत ज़्यादा आपको सताएगी जमीन मकान के दस्तावेजों को आज संभाल कर रखिएगा अन्यथा कहीं गुम हो सकता है आज, आज आपको जल से भी देखिए भय है तो किसी भी सरोवर में किसी भी जलाशय में या किसी भी नदी में तैरने के लिए आज आप लोग मत उतरिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए तुला राशि लिब्रा तराजू मतलब हर एक चीज तुला राशि के जो जातक तोलते हैं या न्याय के पलरे में तोलते हैं तुला राशि के जात को बंधुओं के साथ आज आपके अच्छे संबंध रहेंगे तथा उनके साथ बैठ करके आज घर के अपने प्रश्नों की चर्चा आज आप लोग करेंगे किसी छोटे धार्मिक स्थल पर जाने का सफल आयोजन होगा धन लाभ के तमाम लोग आपको मिल रहे हैं आज विदेश से अच्छे समाचार व अच्छा धन लाभ भी प्राप्त होगा व्यवहारिक प्रसंग के कारण यात्राएं आज आपकी हो पाएंगी नए कार्यो के आरंभ के लिए शुभ दिन रहेगा शारीरिक व मानसिक रूप आज आप लोग स्वस्थ रहेंगे इसके साथ साथ आज, आज आपके व्यापार में आप प्रत्याशित आपको होता दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा यदि आपको कहीं गन्ने का रस मिल जाता है तो भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करिए यदि नहीं मिलता है तो शहद से आज, आज आपको अभिषेक करना रहेगा ओम नमस् शिवाय मंत्र से शुभ कलर आपका रहेगा यह रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा सात स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या आप कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो साहब आज का दिन आपके लिए लाभ भरा दिन रहने वाला है आज व्यर्थ के खर्चों पर आपको लोग रोक लगाने के सितारे सलाह दे रहे हैं परिवार में झगड़े ना हो इसका आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा कुटुंब के सदस्यों के बीच आज कुछ गलतफहमी को आपको दूर करना पड़ेगा शारीरिक परेशानी के साथ साथ मन में ग्लानी रहेगी नकारात्मकता आज आपके मानसिकता पर हावी रहेगी अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहिएगा आज विद्यार्थियों के विद्या जो है विद्या अर्जन में कुछ अवरोध आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यदि आज आप किसी एग्जाम में एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा गुड़ का सेवन करके निकलिए दशरथ कृषि स्त्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा शनि चालीसा का आज आपको पाठ करना रहेगा और आज के दिन यदि हो सके तो लोहे का दान जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है धनु राशि तो धनु राशि के जात को सेजिटेरियट सवालों आज आप शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें दोपहर बाद आज आपकी स्थिति गड़बड़ होती हुई दिखाई पड़ रही आज आप निर्धारित जो है तय समय पर अपने कार्य कर लेंगे आर्थिक लाभ की प्राप्ति जो है दोपहर से पहले होती हुई दिखाई पड़ रही है आज यात्राओं की, की संभावनाएं संभावनाएँ है, प्रचुर हैं मन में कोई आपके टेंशन होगा जो आपको अंदर ही अंदर जो है क्या बोलते हैं उसको कि घुटना तो आज आप लोग अंदर ही अंदर घूटेंगे इसके साथ साथ आज घर में किसी मांगलिक उत्सव में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं आपको उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है स्वजनों से मिलने से आज आपके मन में आनंद रहेगा कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व तो आज आपके दुख के घड़ी में आपको बाहर निकालता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा गजेंद्र मोक्ष का आज आप लोग पाठ करिए दूसरा आज पीपल के वृक्ष पर आपको जो है दूध में मिश्री डाल करके अर्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तो मकर राशि के जात आज व्यावसायिक कार्यो में सहकारी हस्तक्षेप आपका बढ़ेगा। आज आपके खर्च सामान्य से अधिक होंगे। धार्मिक, सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी तथा खर्च भी हो सकता है आरोग्य संबंधी आज आपको चिंता बहुत ज्यादा सताएगी पुत्र एवं रिश्तेदार रिश्तेदारों के साथ अनबन हो सकता है लेकिन दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे तो कुछ आपको जो है थोड़ा बहुत जो है मानसिक रूप से जो चिंता थी ये दूर करेंगे मानसिक व्याकुलता आपके कम करेंगे आज कोई दुर्घटना हो सकती है धन लाभ होता हुआ व्यापार में दिखाई पड़ रहा लेकिन पार्टनरशिप में आज किसी कार्य को करने से आपको बचना होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कोशिश कीजिए कि हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए और सुंदरकांड भी आज आप लोग यदि एक बार पढ़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो कुंभ राशि एक्वाइथ क्या कुछ कहते हैं आज कुंभ राशि के जातकों के लिए सितारे तो कुंभ राश के जातकों नए कार्यों के आयोजन का प्रारंभ करने के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है नौकरी तथा व्यापार में लाभ होने की संभावना है स्त्री मित्रों से कार्य आज आपको मिल सकता है आज मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी भगवान शनि देव का साथ आज आपको प्राप्त होगा सामाजिक क्षेत्र में आज आपकी ख्याति बढ़ेगी संतान के साथ मेल मिलाप मेलजोल अच्छा रहेगा पत्नी और पुत्र की ओर से आज आपको आनंद के समाचार प्राप्त होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कोशिश कीजिए कि सुंदरकांड का आप लोग भी पाठ करिए दूसरा आज जो है कुत्ते को आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा अब मीठा किस टाइप का रहेगा तो मीठा जो भी हो बिस्किट आप ले सकते हैं या आप कोई मिठाई जो है दे सकते हैं तो ये आप लोग कर सकते हैं अगर नहीं कुछ है तो आप बताशें खरीद के डाल दीजिए मीठे वो भी चलेगा लेकिन आज आप लोग कुत्तों की सेवा जरूर करें बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा आपके लिए शुभ कलर क्या रहेगा तो आज के दिन आपके लिए शुभ कलर रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ अंतिम राशि पर चलें लेकिन दर्शकों फिर आपसे कह रहे हैं कि जब भी हम लाइव होते हैं उसी समय आप हमसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नित्यांत आवश्यक है साथ ही साथ बगल में बना जो बेल आइकन है इसको भी आप लोग दबाइए ताकि जब भी हम लाइव होने चलें तो हमारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँचें और आप लोग देख करके आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हों उनको दूर कर सके इसके साथ साथ यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण पर्सनली हमसे मिल करके करवाना चाहते हैं या टेलीफोन के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो फोन करिए निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे तो अंतिम राशि पर चलते हैं। मीन राशि के आज आज आपका दिन अत्यंत होगा आज आपके लिए कार्य सफलता और उच्च पदाधिकारियों की कृपा दृष्टि के कारण प्रसन्नता भरा दिन रहेगा व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि तथा सफलता मिलेगी पिता तथा बड़े बुजुर्गो से लाभ होगा माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आज, आज आप पर रहेगी आज आपके कुटुम्ब में आनंद का वातावरण बना रहेगा यात्राओं का योग बन रहा है आज आपका आरोग्य बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ साथ आज कोई पुराना मित्र आपसे परिचित हो सकता है भेंट हो सकती है तो मन में बड़ा आनंद रहेगा आज भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के आज, आज आपको मन में बहुत ज़्यादा चिंता होगी हो सकता है आपके घर के भाई बहन में जो है हम लोगों की तरफ माता जी जाती हैं आम भाषा में चेचक तो चेचक को लेकर के आज, आज आपके मन में कुछ दुविधा रहेगी भाइयों के प्रति या बहनों के प्रति उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए दूसरा आटे में शकर डाल करके उसको पंजीरी बना लीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे डाल डालइए चीठियाँ जितना ज़्यादा खाएंगे आपका भाग्य उतना ज़्यादा सौरेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला येलो कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए और कमेंट में आप सभी लोग जय श्री राम का उद्घोष जरूर करें यदि आप राम को मानते हैं तो जय श्री राम ज़रूर लिखेंगे और हमारा भी प्रयास रहेगा सभी को रिप्लाई करेंगे जय श्री राम से तो देखते हैं आपके अंदर ज़्यादा ताकत है हमारे अंदर है दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपने इस चैनल से आपसे विदा लेते हैं नमस्कार